जनरल सीडीएस डी बिपिन रावत की आखिरी बात पूरे देश के लिए हमारा देश अभी बहुत ही बड़ी सदमे से गुजर रहा है जिसमें एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना ने हमें हमारे हीरो को छीन लिया है सीडीएस डी बिपिन रावत कहते हैं कि एक बार उनके पास एक लड़का आया और बोला मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए तो बिपिन रावत जी कड़े अंदाज में बोलते है की अगर आपको नौकरी ही करना है तो आप रेलवे में जाइए बी में या अपना खुद का बिजनेस चला लीजिए लेकिन भारतीय सेना का हिस्सा होने के लिए आपको कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा ने आपको इस काबिल बनाना ही पड़ेगा हमारे बिपिन रावत सर के बाद से आप सहमत हो तो एक लाइक जरूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग